बारिश क्यों और कैसे होती है आइए जानते हैं। जब गर्म हवा ठंडी और हाई प्रेशर एटर के कॉन्टैक्ट में आती है, है। तब बारिश होती गर्म हवा ठंडी हवा से ज्यादा पानी जमा कर सकती है अपने द्वारा जमा किए गए पानी के साथ जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है तो ठंडे क्लाइमेट से जाके मिल जाती है और गर्म हवा में पानी का भाग ज्यादा होने से पानी को नीचे गिरा जिसे हम बारिश कहते हैं ऐसे ही इन और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बहुत तेज बरसात होने के कारण किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है और किसान बहुत ही दुखी है